प्रदेश में भाजपा द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है जिसका जगह जगह आयोजन किया जा रहा है वहीं सिंगरौली में विकास यात्रा के दौरान जिले को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी गई जिसका शिलान्यास विधायक रामल्लू वैश्य नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया सिंगरौली में पच्चीस फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में दो करोड़ से ज्यादा विकास कार्यो का भूमि पूजन किया गया साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई जन्मदिन अन मनाया गया और सिंगरौली की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से जन जन को अवगत कराया गया वहीं इस दौरान जनसभा का संबोधन करते हुए संबल कार्ड खाद कूपन लाडली लक्ष्मी योजना कार्ड का वितरण किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विधायक राम वैश उपस्थित रहे वही इस दौरान नगर निगम के अध्यक्ष देवेश पांडेय वार्डो के पार्षदगण बीजेपी फॉर एमपी के कार्यकर्ता के साथ लाभार्थी महिलाएं मौजूद रही सभी तो भारतों में दो काम तीन काम कहीं नालिक सड़क पूजन कर रहे हैं कहीं कहीं पर भी जो है वो कर रहे है और आपको पर आरोप कर रहे हैं जो हैं हैं। रहे ताकि आने वाले लोगों को मंच के माध्यम से ही हमने कहा है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी कार्य हो पूरा गुणवत्तापूर्ण अगर जो गलत कार्य होते हैं ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करें, अपने अधिकारी इंजीनियर सभी इसमें ध्यान दें। और अगर जो ठेकेदार काम गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें